चुनावी साल में सरकार अनेक घोषणाएं कर रही है इसी के चलते नर्मदा जयंती व नर्मदापुरम गौरव दिवस के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माँ नर्मदा का जलाभिषेक और महाआरती के बाद जनता को संबोधित करते हुए बहनों को बड़ी सौगात दी है सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी योजना की तरह ही लाडली बहना योजना की घोषणा की जिसमे उन्होंने महिलाओं को हर महीने एक हजार देने का वादा किया है सीएम शिवराज चुनावी रंग में नजर आ रहे है नर्मदा जयंती व गौरव दिवस में सीएम ने माँ नर्मदा का जन मंच से जलाभिषेक किया जिलाभिषेक के बाद महाआरती हुई जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और सांसद उदय प्रताप सिंह ने भी शिरकत की इसी के साथ महाआरती के बाद सीएम करोड़ों रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का जन से वर्चुअली भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया जिसमे प्रमुख रूप से ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख की लागत से निर्मित नवीन आयुक्त नर्मदापुरम के भवन का लोकार्पण एक करोड़ नौ लाख की लागत से रामलीला मैदान के उन्नयन दो करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री अधरचना एवं विभिन्न विकास कार्य तथा पांच करोड़ त्रिपन लाख की लागत से बनने वाले नगर के ऑडिटोरियम का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया इसके साथ ही सीएम ने महिलाओं को लेकर घोषणा करते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह ही लाडली बहना योजना प्रदेश में चलेगी जिसमे जो बहन इनकम टैक्स नहीं देती है वो किसी भी जाति की हो उसे हर माह एक की राशि दी जाएगी और अन्य योजना का लाभ जो मिल रहा है वह भी मिलता रहेगा ये बहने भी इसकी बेटी है मैं और ये बहने तो भाई बहन हुए ना हुए कि नहीं हुए अरे बहनों से पूछ रहा हूं हुए कि नहीं हुए तो आज नर्मदा जयंती के दिन इस पवित्र तट पर अभी तक लालनी लक्ष्मी योजना थी अब लारली बहना योजना बनाई जाएगी और हमारी जो गरीब बहने निम्न मध्यमध्यम वर्गीय परिवार की बहने मध्यम वर्गीय परिवार की बहने कोई भी जाति की हो पंथ की हो बहन तो बहने वो सामान्य वर्ग की हो वो पिछले वर्ग की हो